आप सबको ये तो पता है कि आपकी बॉडी का वज़न कितना है लेकिन क्या आपको पता है कि आपके शरीर के अंग जैसे हार्ट किडनी ब्रेन लंग्स लूटरस और लीवर का वजन क्या है अगर नहीं तो जान लीजिए मेल यानी पुरुष के हर्ट का वजन होता है 300 ग्राम और फीमेल के हर्ट का वजन होता है ढाई ग्राम किडनी किडनी जो पुरुष के अंदर होती है डेढ़ ग्राम की किडनी और फीमेल के अंदर होती है एक ग्राम की किडनी ब्रेन मेल के अंदर लगभग चौदह ग्राम वजन होता है और फीमेल के ब्रेन के अंदर बारह सौ ग्राम वजन होता है लंग्स राइट लंग के अंदर होता है 650 ग्राम वजन और लेफ्ट लंग के अंदर होता है 600 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट महिला में यूटरस का वजन होता है 50 से 80 ग्राम और प्रेग्नेंट एट टर्म गर्भवती महिला के अंदर एक ग्राम फीवर का वजन लगभग पंद्रह ग्राम होता है मेल के अंदर और बारह ग्राम होता है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब